ठीक है ओके ओके ओके हेलो गाय आज हम और मैं जिम के बाद बाहर रोटी खाने आए हैं ये राम रा, राम आया रा, है तो पचास एक्टिंग तो गाय इसकी ले लो रोम <laughs> हम खाने पीने के लिए मंगवाते हैं कुछ फिर आपको दिखा है तो है तो मेरी अंग्रेजी सुधारने गया होटल के अंदर कपल जाते तो चलो गाइस आगे का वो लोग आपको दिखाते हैं मैं, हेलो। <laughs> तो गाइस मैं यहाँ पे आया था कार का शैली रेस्टोरेंट में और यहाँ पे मैंने एक यूनिक डिश दिखा एकदम यूनिक देखो ये देखो गाइस ये चिली लॉलीपॉप मिर्ची का चुपा <laughs> ये क्या है <laughs> तो भी खाना मेरे को कमेंट कर दो मैं होम हो, हो डिलीवरी करूंगा फ्री <laughs> थैंक यू <laughs> बहुत मनूठ लग रहे हो मत करो तो गाय खा पी के रज पूरा ढिड भर लिया हमें अपना भाई बराइय खोल रहा तो गाय इस भाई ने अपनी सेवा दबके करिए मजा आ गया <laughs> स्वाद आ गया तो अब हम घर चलेंगे एक दो क्लिप है वो मैं जोड़ दूंगा इस वीडियो के अंदर आप हाँ, हाँ, हाँ. <coughs> बाकी आप मेरे लोग को इंजॉय करना लाइक करना कमेंट करना शेयर करना <coughs> और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना